जय हिंद कैसे हो आप लोग फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो स्वागत है आपका इस वीडियो में सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है क्यों क्योंकि कल इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था इससे हमारी खुशी और डबल हो जाती है दिवाली का त्यौहार और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली मनाइए आप अच्छी तरह से और साथ में पढ़ाई भी जारी रखिए आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए तो आज के वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि बिहार बोर्ड का आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्लास ट्वेल्थ के लिए होने वाला है और इसमें बीस क्वेश्चन देखेंगे और बीस में से आपको कम से कम दस प्लस सही आंसर सोचना है तो कम से कम आपको 10 प्लस क्वेश्चन जरूर आना चाहिए यदि नहीं आता है तो इसको आप नोट कर लीजिए उसके बाद इस क्वेश्चन सबको आप याद कीजिए ठीक है तो करते हैं वीडियो का शुरुआत क्वेश्चन नंबर एक है अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है दो तरह का ट्रांसफॉर्मर होता है अपचाई और उपचाई तो अपचाई ट्रांसफर की कौन सी राशि घटती है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज ऑप्शन बी है धारा, धारा धारा। यानी कि विद्युत और C, और सी आवृत्ति शक्ति। कौन सा होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज ठीक है क्वेश्चन नंबर दो निम्न में से किस राशि का मात्र वोल्ट पर मीटर होता है 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारिता, ऑप्शन बी विद्युत विभव ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स कौन सा होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है विद्युतीय क्षेत्र ठीक है क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन नमन का माल उत्तरी ध्रुव से विश्व रेखा की ओर जाने पर क्या होता है भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है पहले घटता है फिर बढ़ता है ऑप्शन बी स्थिर रहता है यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता ऑप्शन सी सिर्फ बढ़ता है ऑप्शन डी सिर्फ घटता है तो इसका कौन सा सही आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घटता है चार नंबर क्वेश्चन आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए शून्य ऑप्शन बी अधिक ऑप्शन सी अनंत ऑप्शन डी कम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शून्य आदर्श मीटर का प्रतिरोध जीरो होता है, ठीक है? ठीक क्वेश्चन नंबर पांच जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो यानी कि उपस्थित हो तब तो उस कंडीशन में क्या होता है ऑप्शन ए संवेद की दिशा बदलती रहती है ऑप्शन बी कण की गति ऊर्जा बदलती रहती है ऑप्शन सी कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है ऑप्शन डी वेग अचर रहता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेग अचर रहता है ठीक है क्वेश्चन नंबर छह लोहा क्या होता है ऑप्शन नंबर ए लोह क्या? ऑप्शन बी अनुचुंबक क्या? ऑप्शन सी अचुंबक क्या? ऑप्शन डी प्रतिचुंबक क्या? तो नाम से भी स्पष्ट है क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लोह क्या? सात नंबर क्वेश्चन आवेशित संधारित पर परसंग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है ऑप्शन नंबर ए अनंत ऑप्शन बी एक कुलम्ब ऑप्शन सी जीरो ऑप्शन डी एक माइक्रोकुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीरो आठ नंबर क्वेश्चन आदर से का प्रतिरोध कितना होता है क्वेश्चन एक बार 2020 में शायद पूछा हुआ था पीछे और ये 2022 में भी पूछा गया मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए 100 ओम ऑप्शन बी अनंत ऑप्शन सी 50 ओम ऑप्शन डी शून्य इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शून्य ठीक है नौ नंबर क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ऑप्शन नंबर ए वाट ऑप्शन बी वेबर ऑप्शन सी टेस्ला ऑप्शन डी जूल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर दस नंबर क्वेश्चन जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबक क्षेत्र उपस्थित है तब ऑप्शन ए संवेग की दिशा बदलती रहती है ऑप्शन बी कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है ऑप्शन सी वेग अचर रहता है ऑप्शन डी कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग अचर रहता है ग्यारह नंबर क्वेश्चन एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है मतलब कि क्या तरीका है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाए ऑप्शन नंबर ए श्रेणी में निम्न प्रतिरोध जोड़कर ऑप्शन बी समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़कर ऑप्शन सी समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर ऑप्शन डी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर श्रेणी यानी कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर ठीक है बारह नंबर क्वेश्चन समरूप वेग से चलेमान आवेश उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर ए केवल चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत भी, भी रहता है और चुंबकीय भी रहता है तेरह नंबर क्वेश्चन जब किसी एमीटर को संत किया जाता है तो इसकी माप सीमा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है ऑप्शन सी घटता है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है संट करने पर माप सीमा बढ़ता है ठीक है चौदह नंबर क्वेश्चन गतिशील आवेश उत्पन्न करता है मतलब जब आवेश गति में रहता है तो क्या उत्पन्न करता है ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता पंद्रह नंबर क्वेश्चन चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होता है और चुंबकीय प्रसाही मात्रक होता है वही चुंबकीय क्षेत्र का भी ऐसा ही मात्रक होता है इसलिए उसको साथ में लिख दिया ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेस्ला ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है निर्वात की चुंबकय प्रवृत्ति का मान कितना होता है ऑप्शन नंबर ए एक ऑप्शन बी अनंत ऑप्शन सी जीरो पॉइंट पांच ऑप्शन डी शून्य तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शून्य ठीक है सत्रह नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र प्रावल्य का ऐसा ही मात्रक क्या है ऑप्शन ए एम्पियर इनटू मीटर ऑप्शन बी एम्पियर इनटू मीटर बट न्यूटन ऑप्शन सी न्यूटन पर एम्पियर मीटर ऑप्शन डी न्यूटन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर क्वेश्चन नंबर अठारह एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किए गए कार्य का मान कितना होता है कौन सा सही आंसर होगा इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी वन माइनस ठीक है उन्नीस नंबर क्वेश्चन नमन को मान पृथ्वी के चुंबक ध्रुव पर कितना होता है यानी कि पृथ्वी के चुंबक ध्रुप पर नमन कोण का मान बताना है कि कितना होता है ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री ऑप्शन बी 180 डिग्री ऑप्शन सी 0 डिग्री ऑप्शन डी 90 डिग्री तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होता है इसका मान लास्ट क्वेश्चन बीसवा नंबर निकेल का चुंबकीय गुण होता लोहा में तो बता थे नाम से कि है इसमें कैसे होगा ऑप्शन नंबर ए लोह चुंबक ऑप्शन बी चुंबक ऑप्शन सी अनुचुंबक ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निकेल भी लोह के पदार्थ है ठीक है।, है और यदि हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आलोक ऑफिशियल जीरो टू सर्च कीजिए और टेलीग्राम पे तो आप जरूर जुड़िए क्योंकि तो वहाँ पे क्वेश्चन भी अब करवाया जाएगा यानी कि आपका टेस्ट भी लिया जाएगा वीकली टेस्ट वहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिया जाएगा आलोक ऑफिशियल जीरो टू से आप जुड़ सकते हैं या तो आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक और यदि आप वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए आलोक ठीक है और वहाँ पे सारा विषय का आपको कंटेंट मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक सब भी साथ में मिलेगा तो वहाँ पे तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं ठीक है जय हिंद